फिल्म की हीरोइन अमृता राव हमें ज्वाइन जिन्होंने कहानी जैसी लाजवाब फिल्मों में दी और 3 जनवरी को तो शोले को आपने पढ़ा होगा इसमें जो एनिमेशन है वो फिल्म स्टार के चेहरे से मिलते जुलते हैं और उनकी आवाज भी फिल्म स्टार ने दी है मिसाल के तौर पर विष्णु पितामा का रोल किया है अमिताभ बच्चन जी ने और उनका एनिमेशन भी अमिताभ जी जैसा ही दिखता है और ये कमाल करने वाले हमारे और आपके प्यारे जयंती भाई गढ़ा से ज्वाइन करेस्ट रेशमा कड़ा किया टू प्लीज ज्वाइन दी स्टेज लाइक टू रिक्वेस्ट वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रवीण भाई अंजित सत्रा प्रॉपर्टी के प्रोट्राइटर मालिक प्रफुल भाई सत्रा से गुजारिश है कृपया वो स्टेज पर आए और इन सभी के साथ राइजिंग so what amruta would like to say are you ready ek sawal puchna chahta hu mujhe thoda aage aage ka mauka milega amruta ji mujhe sahab mujhe pravin bhai amisha kehte hain prasan tum bahut aage jaoge yani jis aadmi ke paas jaoge wo bolega aage jao isliye shortcut mein bolke main chal raha hu there are around 13000 people in the audience aur roz aisa hi hota hai aur aaj abhi bhi aap jab aa rahi thi हमको ज्यादा सिक्योरिटी मंगानी पड़ी क्योंकि बाहर तकरीबन डेढ़ दो हजार लोग बाहर खड़े हैं, उनको अंदर आने के लिए जगह नहीं है ये तेरह हजार हमारे केवल इंटरनेट और ये लाइव टेलीकास्ट के जरिए जितने भी लोग हैं मतलब लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं सुन रहे है और ये गूंज हमारे घाटों गुजराती समाज की है आपने सत्याग्रह में बहुत कष्ट उठाए हैं और हम ये चाहते हैं इस आपकी आने वाली फिल्म में आप बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड स्थापित करें लेकिन इतने हजारों लाखों लोग इस वक्त जो आपको देख रहे हैं वो सुनना चाहते हैं कि आपको इस फिल्म के बारे में क्या कहना है और हमारी प्यारी ऑडियंस को क्या कहना है जोरदार तालियां एक बार कुछ से जाग उठे क्या चा, क्या, चा, क्या चाहिए अखंड और ये है, तो मुझे विश्वास है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जरूर गुजराती में बोलेंगे आपको बस इतना ही बोलना है बोल देंगे अरे क्या बात है मैं नवंबर को आने वाली है आप जरूर देखें उसमें मैं एक टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्टर का काम कर रही एंड डायलॉग डायलॉग सनी मारता है फिल्म में मैं <laughs> <laughs> जरूर ना एक uh, इस मौके पर भी लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी और एक छोटी सी झलक हम ऑडियंस को इस फिल्म की दिखाना चाहते हैं और uh, यहाँ पर स्क्रीन है जितने लोग देख सकते हैं आप लोग देखिएगा एक छोटा छोटी सी झलक टीजर दिस फिल्म, भी रिक्वेस्ट आ, और इससे बड़ी बात आप आपको मैं बताना चाहूंगा ये टीजर इसमें अमृता जी नहीं है लेकिन आप क्रिश थ्री की फिल्म जब रिलीज होगी तब उनको मैं भी चला जाऊ जी ने कहा पापियों से विनती करो समझा अगर वो फिर भी ना माने तो सबकी भलाई के लिए दरबार उठा लेकिन तुम सबके लिए हाथ ही काफी है मीन I mean, जब क्रिस्ट रिलीज होगी उसी के साथ जब ये इसके प्रोमोज आप थिएटर में देखने लगेंगे तब तो आपको असली में मजा आएगा क्योंकि तो और देन ओके गाइज ये ये प्रोमोज आप जब क्रिस्ट के साथ देखेंगे तब तो आपको और मजा आएगा लेकिन मैंने जब ये प्रोमो ये टीजर जब देखा तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया मैं ये सोचने लगा कि इसमें अमृता ने किस तरह का रोल किया होगा तो मैंने उनको पूछा कि आपने कौन सा रोल किया है तो उन्होंने कहा शी इज एक्टिंग एज अ जर्नलिस्ट इन दिस फिल्म तो ये बड़ा एक्साइटिंग होगा क्योंकि गदर के बाद सनी सन्नी पाजी तो कमाल करने वाले बट हम सब लोग आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते है और ये हम सबकी दुआ है एक तो आपका मेरा सरनेम भी राव है बराबर है तो मैं तो दिल से ही दुआ करूंगा ना जितने भी राव है सुपरहिट हो जाए देखिए नैतिक के लिए हम सब लोग खुश है उसी तरह हम लोग अमृता के लिए भी खुश है और सच ए वंडरफुल पर्सनलिटी प्रवीण भाई के दोस्त जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और कमाल के साथी है जिन्होंने कहानी जैसी फिल्म दी ऐसी शख्सियत हमारे साथ में जरा घाटों तो का प्यार इनके लिए जोरदार होना चाहिए गाय जंगल वी हैव प्रजेंटर ऑफ दिस फिल्म मिस्टर जयंती नहीं है आप सब मैं आपके पास तो समय नहीं होता है लेकिन इतना प्यारा ऑडियंस देखने के बाद आपको अगर ऐसा मन करे मन करे मतलब मैं फोर्स तो नहीं कर सकता गुजराती भाई फोर्स नहीं कर सकता हूँ आपका जो मेहमान तो आपने तो रिक्वेस्ट करी है। करी सके सके कर आप इमेजिन करो आप इतनी फेमस बॉलीवुड की हीरोन है आपने डांस किया होगा एक्टिंग की होगी डायलॉग्स बोले होंगे लेकिन मैं आपको ये कुछ भी करने को नहीं भूलूंगा मैं कहूंगा की आप थोड़ा सा गाना गाइए चलेगा चलेगा तो ना बोल रहे हैं आपकी तालीम में मजा नहीं आया बोलना बहुत आएंगे वन दौड़ेगा क्या बात है अखंड दी वाइस प्रेसिडेंट ओनली फॉर द गुजराती कम्युनिटी खामोश क्यों हो से रिक्वेस्ट है हमारे इस खास सेलिब्रेशन में आपसे गुजारिश है कल आप उनका सम्मान कीजिएगा मित्रों वंडरफुल बॉलीवुड जिन्होंने आज नवरात्रि की हमारी इस नवरात्रि में अपना साथ देकर कमाल का साथ दिया है और हम उनकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत सारी बहुत सारी ढेर सारी हजारों लाखों सिंह साहब द ग्रेट के लिए दी ग्रेट शुभकामनाएं हम उनको दे रहे हमारे साथ जीतू भाई है उनका पूरा परिवार है प्रवीण भाई है जिग्नेश भाई है हम सब लोग अमृता जी का यहाँ पर ऑनर करना चाहेंगे और उसके बाद कुछ खास जरूरी अनाउंसमेंट हम आपके लिए लेकर आए और कुछ और समय समय कुछ देर के बाद पर पर करेंगे उसकी हम देते रहेंगे थी। अमृता जी अरा मित्र जयंती भाई ने विनं करूच आगे जयंती भाई मार कजिन अने कहानी पिक्चर प्रोड्यूसर है आर मित्र कजिन जयंती भाई बनाया अमृता जी योजे हूँ विनती कर मित्र सम्मान करें जयती भाई जयतिभा थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू जयंती भाई आपकी आने वाली फिल्म थर्ड जनवरी को जो शोले थ्री में आ रही है और 25 दिसंबर को महाभारत जो एनिमेटेड आ रहा है और इस वक्त जिसकी शूटिंग चल रही है पी से पीएम तक नागेश भंडूर की पेन इंडिया लिमिटेड के मालिक हमारे साथ में 165 centres in all of India and 65,000 members. Atla members are out the soulti muti santhiara padare padari karyonu gatkopar Gujarati samaj ke jesi.